हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे आज हम लोग सवाल हल करेंगे सवाल है आर एस अग्रवाल मैथ का चैप्टर है नौ सत्रह बी सवाल नंबर है आठ चलिए देखते हैं आज सवाल निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए सारणी है पाँच पॉइंट एक तरफ दिया हुआ वर्ग अंतराल रुपयों में दैनिक आय और दूसरी तरफ है बारंबारता यानी श्रमिकों की संख्या वर्ग अंतराल है 100 से 125, जिसमें बारंबारता 45, उसके बाद 125 से 150 देखिए यहाँ दिया हुआ है 125 से 150 का है 25 उसके बाद 150 से 175, 55, 175 से 200, 125. उसके बाद 200 सौ से 225 का दिया हुआ 140. उसी तरह 225 से 250 का 55. उसके बाद 250 से दो का 35 उसके बाद दो से 300 का 50 उसके बाद 300 से 325 का, का दिया हुआ है 20 जिसका कुल योग दे दिया है 555 अब इसका नीचे इससे मुत्ल सवाल दिया हुआ है सवाल देखते हैं पहला सवाल है वर्ग अंतरालों की माप क्या है वर्ग अंतराल का माप बराबर होता है माप या आमाप या वर्ग साइज वर्ग साइज ये तीनों एक ही होता है जिसको हम लोग वर्ग साइज कहते हैं वर्ग साइज इसका बराबर फॉर्मूला होता है फार्मूला चलिए हम लिख देते हैं वर्ग माप बराबर फॉर्मूला होता है बराबर में फॉर्मूला होता है उच्च सीमा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा निम्न सीमा तो इसी फॉर्मूला पर अभी हम बैठाएंगे वेल्यू का उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अब देखते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा के बराबर में क्या है तो कोई भी वर्ग अंतराल हम ले लेते हैं या तो 100 से 125 या 125 से 150 150 से 175 किसी भी वर्ग अंतराल में से इस सब इसमें से किसी को भी एक को ले लेंगे उप उच्च सीमा हो गया इधर वाला और निम्न सीमा हो गया इधर वाला इधर वाला में से ये ये पूरा में से इधर वाला को किसी एक को घटाएंगे उसका वर्ग माप निकल जाएगा जैसे अभी हम निकाल के देखते हैं ये पहला सवाल का पहला सवाल का जैसे मान लेते हैं 125 सौ 100, पहले को ही घटा देते हैं 125 में 100 घटाएंगे बचेगा 25, ये इसका हो गया वर्गमाप। वर्गमाप कितना हो गया 25। अब देखते हैं दूसरा सवाल दूसरा सवाल है किस वर्ग की सबसे अधिकतम बारंबारता है तो अब हम पहले देख लेते हैं किस किस वर्ग की सबसे अधिकतम बारंबारता है तो देखते हैं इसमें ये देखना होगा वर्ग वर्ग ये है और इसकी बारंबारता ये है ये तो इसमें देखना होगा सबसे अधिकतम क्या है किसका है तो सबसे ज़्यादा जो है वो है 140 सौ चालीस ये एक किस वर्ग में है 200 से 225 के बीच तो इसका आंसर हो जाएगा 200 से 225 वर्ग की बारंबारता जो है वो सबसे अधिकतम है 140. ठीक है अब देख लेते हैं हम अगला सवाल अगला सवाल इसका कह रहा है कि किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है बस जस्ट इसका उल्टा है सबसे कम वाला देखना है अब सबसे कम वाला इसमें देख लेते हैं हम कि सबसे कम कौन है तो सबसे कम यहां से लेके यहाँ तक में 20 है सबसे कम 20 है तो यह किस वर्ग में है वर्ग है 300 से 325 के बीच 300 से 325 सौ वर्ग जो है इसकी बारंबारता सबसे कम है अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है वर्ग अंतराल 250 से दो की उच्च सीमा क्या है तो अभी हमने आपको बताया कि उच्च सीमा इधर वाला और निम्न सीमा इधर वाला तो अब यहाँ वर्ग अंतराल दे दिया है वर्ग अंतराल है 250 से दो की उच्च सीमा तो उच्च सीमा हो जाएगा दो सौ वर्ग अंतराल की दो 200... सौ वर्ग अंतराल दो से दो की उच्च सीमा क्या होगी दो अब आगे देखते हैं अगला सवाल है किन दो वर्गों की बारंबारता एक है कौन सा ऐसा दो वर्ग है इसमें जिसकी बारंबारता एक है तो अब हम पहले इसमें देख लेते हैं कि बारंबारता किसकी किसकी एक है तो एक बारंबारता यहाँ पचपन है फिर दूसरा बारंबारता यहाँ पचपन है यही दोनों एक है तो ये पचपन जो है 150 से एक सौ के बीच है एक सौ से एक और ये बारंबारता जो है 225 से 250 225 से 250 का है तो दो ठो वर्ग ये दोनों वर्ग जो है एक वर्ग ये और दूसरा वर्ग ये इन दोनों की बारंबारता एक है ठीक है दोस्तों पहला सवाल एक सवाल आज हल हो गया अब अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट सवाल आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू